बाबू जी हमारे बहुत मन लगे दरवाजा बंद कर बाहर विश्वास कैसे दिली बन बारे अच्छा सुनो सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना हेलो ना अभी सब कोई घर बा मम्मी मारे लगी ना भी नहीं ठीक बा रखा हो तेने हेलो आग बजूल मम्मी पापा। मतलब मम्मी पाके पप्पा के बैग तोड़म मतलब जानते हैं कतना तैयार करे ना क्या बहुत बढ़िया गीत लेते हैं कहीं जल्दी आँड करवा ठीक बा जल्दी आव हम पैसे जल्दी जल्दी फेरी तीन जिम्मेदारी हम तो बाजार में जा बोलो जल्दी हम कुछ से लेके अगर बाबूजी है है है तो ठीक ठीक ठीक हम सब मोबाइल हमार बात ये तो यार के बाबा बाबा हाफ पता है तुम्हारा घर में एगो समस्या कौन हमारा घर में समस्या तुरा कैसे पता रे देखा नहीं है यहाँ कहा का हां बाजार तो देखनी है हाँ। भी हाँ? ना हां तहलै कि अभी है ना हां तहलै कि या हां ए लइका अगर के मोबाइल देल हो बे हां हां हां बाबा कहां के रह गावे के ना रहू हां हाँ। काने कहां के नाच नहीं ले लइका भाग भी ना भाग भी ना ई बता तो ठीक ब जा स हम आवतिय तो पूछ के गांव घर की इज्जत बरी में ठीक बा हां हां हो जा सुन आवतिय तो हम पूछत ह ठीक अरे कहां से, तो से ना तो से ना होता नहीं एक व्यवहार ठीक नहीं खे पूछ के पड़ी आज तो बाबूजी है पूछ के ले अरे कहा से है नहीं माल ना। क्या तो नहीं ये नहीं तो से के अब कपे खोजे पड़े बैसा हमारा बड़ी बुरा बात सुन सही सही बता ना तो हम बड़ी मार मार जानजी हे कहा अपने ये वैसे मैं मानूंगी ये कह रहा कि देख ले हाय ये को नीचे ना गिरी बताओ ना तो कहाँ गई रही कौन लेकिन कैसे रही कत्ल ना कोई रही ऐसे रही हाँ तू ऐसे तू ऐसे रहीस ऐसे रह रहे हैं बताओ सही सही बत बताओ बताओ बताओ सही सही बताओ बताउ न बोलिए जे रोई है ए जे तू रहीस हां ए जे रोई बतावे कि नहीं बताउ न बोलिए के बात होत है हमारा से हां हउ आ के सही कहला हसन दुगो उ देखले बसन तोरा के बाजार तोरा के पैसा तू मनबे जानिस हैं और तुरही। तुरही। तुरही। नहीं बताउ न बोलिए बताउ न बोलिए बता बतावा जे बता न तो बताउ न बोलिए तोरा खाल खींचे हो तोरा के बताइने कि हम आज मेरा कहानी तो आज मार बाबूजी विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास तू तू है अपना हम सब ए जे कहीं न खोलीने के वालीया अब खोली तो खोली <स्थ्थ> तो रामचंद्र बोलता <स्थ> खोली के वाली वो <स्थ> तो पूरे को वही थी नहीं काल भूख प्यास रहा वही में तू खोली के वाली बाबूजी खोली <स्थ> <स्थ> खोली मम्मी खोला <स्थ> बाबूजी खोलीने के वालीया लो गुटो ले ओ खोली के बाबूजी से मैं कह दिली अब बाबूजी जी हमारे बहुत मन लगन और दरवाजा बंद कर दिले वो बारी से हाँ हम तरह से मिल हमारी एक दम दम घूट आ भाग हम तरह से भाग की कोशिश करा नहीं करो ठीक ब जल्दी आ नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव तो आप लोग आज देखनी है वीडियो शुरू सन तक तो आप लोग के मालूम चल गल कि वीडियो कैसन में कैसन ना तो बस एकर पार्ट टू जल्दी आई तो आप लोग इंतजार करी जा और ऐसे ही वीडियो आप लोग मतलब वीडियो के सपोर्ट करते रह जा जय भोजपुरी जय समाज